तो कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार्ट एकर पर ये वीडियो काफ़ी एक्साइटेड रहने वाली है उन लोगों के लिए जिनका यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमैन का एग्जाम निकल चुका है तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन दोनों का रिज़ल्ट कैसे देखना है और कहां से आपको इन दोनों का रिजल्ट मालूम होगा तो चलते हैं इस वीडियो में आगे इसक्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट एकर इस पर जाकर आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें इसमें मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हैं यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स को लेकर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और फॉर्म्स को किस तरह से फिल करना है ये भी है तो आप वीडियोस को ज़रूर देखें और इस वीडियो को एंड तक देखें चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है उसके बाद आपको डालना है यूपी पुलिस की वेबसाइट जो कि है यू उसके बाद जो सबसे ऊपर आपका लिंक आएगा ये पुरुष एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डन फायरमैन एवं आरक्षी घोड़सवार पुलिस के लिए पदों की सीधी वर्ती जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगा कि किस तरह से ही मेरिट बनाई गई है क्या नॉर्मलाइजेशन करा गया या नहीं इसके नीचे जो दे रखे हैं पुलिस जेल वार्डन फायरमैन और एवं आरक्षी घोड़सवार पुलिस के पद पर चयनित इसमें दे रखा है सूची ए सूची बी सूची सी और टी इनमें आपकी लिस्ट है उन बंदों की जो जो सेलेक्ट हो गए हैं दोनों मेल और फीमेल के ये देखिए आप नीचे जाते जाएंगे उसी तरह से आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी सिक्स एबीसी तक है तो सबसे पहले देखिए हम इसे डाउनलोड करते हैं पूरे शेव महिला वाले को इसमें देखिए ये आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें आपका आ गया कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ कब इसका रिजल्ट दिया गया है चलिए तो हम पीछे जाते हैं और डाउनलोड करते हैं अपनी लिस्ट को सबसे पहले डाउनलोड करते हैं वन ए को ठीक है इसमें सेलेक्टेड बंदों की लिस्ट है अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आपका नाम आ जाएगा अगर नहीं होंगे तो आपका नाम शो नहीं होगा मैं ऊपर देखिए इस सर्च वाला आइकन पर क्लिक किया आप नाम डालता हूँ एक सत्या देखिए सत्या भी सिंह जो है सिलेक्टेड है तो इनका नाम आ गया और ये हाइलाइटेड होता जाएगा आप पूरा नाम डालते जाइए अगर मैं सिलेक्टेड नहीं होते तो इनका नाम नहीं आता जो बंदे सेलेक्टेड हो गए उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन हैं और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें